देख लेना रो दोगे एक दिन ये सोचकर कि था कोई जिद्दी सा चाहने वाला पता नहीं कहां चला गया अपनी जिद छोड़कर